हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फिलो टीचर पर आज फिलो टीचर यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोग सीखेंगे औसत निकालना कि औसत कैसे निकाला जाता है तो हम चलते हैं अपने वीडियो में शुरू करते हैं सवाल पे तो हमारा सवाल दिया है जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः सत्तर सेवीं पैंसठ सीवी से पचपन सीमी तथा नब्बे सीमी हुई है तो हमें उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात करनी हो तो इसमें छोटा सा ट्रिक है आप लोगों का एकदम इजी सा ट्रिक कि औसत का जो फार्मूला होता है आपका औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सभी राशियों का योग सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या क्या होनी चाहिए उनकी कुल संख्या होनी चाहिए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे सभी राशियों का योग करना है राशि कितनी कौन कौन सी है सत्तर सेमी वर्षा हो रही है पैंसठ सेमी वर्षा हो रही है पचपन सेमी और नब्बे सेमी इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है सबको एड कर दीजिए क्या करेंगे ऐड कर देंगे सेवेंटीन सिक्सटी 55 फाइव प्लस नाइनटीन अपन टोटल संख्या आप क्या करेंगे टोटल संख्या आप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री एंड फोर टोटल संख्या कितना है फोर इसी से हम डिवाइड कर देंगे ठीक है डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो आपका नंबर प्राप्त होगा वो आएगा कितना टू एट जीरो दो सौ अस्सी डिवाइडेड बाई फोर ठीक है अब इसे हम जब काटेंगे सात सौ अट्ठाईस तो आपका जो औसत प्राप्त बन के आएगा सत्तर सेमी कितना सेमी सत्तर सेमी तो वहाँ पे औसत वर्षा कितना आ गया आपका औसत वर्षा कितना आ गया सत्तर सेमी आ गया ये हो गया आपका आंसर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि आप कैसे औसत निकालेंगे तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर रीता गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमशः पैंतीस किग्रा, ग्रह किग्रा तथा चौबीस किग्रा है तो तीनों बहनों को हमें क्या याद करना है औसत तो मैंने आप लोगों को बताया क्या जब कभी भी आपका औसत पूछा जाता है औसत भार तो यहाँ पे भार है इसलिए भार पे ले जाएंगे हम लोग औसत भार बराबर जो आपका फार्मूला दिया रहता है क्या कि जितनी भी संख्या आपका दिया रहे सबको ऐड कर लीजिए तो मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपको पैंतीस दशमलव पाँच प्लस अट्ठाईस दशमलव पाँच प्लस ट्वेंटी फोर दशमलव पाँच इतना दिया है ये सब बाहर और हम काउंट कर लेंगे कितनी संख्याएँ कितनी संख्या में दिया हुआ है वन टू एंड थ्री संख्या में दिया है तो मैं क्या करूँगी इसको थ्री से आप डिवाइड कर लीजिए ठीक है अब सारे संख्या को ऐड करेंगे फाइव फाइव सत्रह एक के हाँ एक दो चार छः दो चार तीन सात एक आठ डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ गया आपका एट्टी पॉइंट फाइव पान थ्री जब इसको हम डिवाइड करेंगे थ्री से थ्री से काट देंगे दो तीन छः दोनों अट्ठारह दशमलव पाँच दोनों सत्ताईस दो, दो, दो पंद्रह आपका इतना किग्रा आ गया औसत भार औसत भाग आई होप आपको समझ में आ गया होगा औसत बाहर निकालना सभी को कि कैसे निकाला जाता है औसत तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का घंटा जरूर बजाइएगा जिससे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे